ये हमारे राजेश कुमार सैन है जो नर्सिंग ऑफिसर है हमारे सदरजन के इनके साथ अभी रात को एक वारदात हुई है उन वारदात के अंदर अभी हम रहे एडिशनल एमएस या एमएस ऑफिस में हमारे खड़े हैं और हम आप पूछेंगे हमारे राजेश से क्या इसके साथ इंसिडेंट हुआ था तो अभी आप अपनी जुबानी खुद राजेश के मुँह से सुन लीजिएगा हाँ राजेश क्या हुआ कोविड वार्ड में ड्यूटी थी नाइट ड्यूटी चल रही थी उस दो सफाई कर्मचारी आए थे उनको मैंने सफाई के लिए बोला कि सफाई कर दो क्लिनिंग को लेकर बैठो उसके बाद में उन्होंने मेरे से बोले सफाई नहीं करेंगे दूसरा साथी को मैंने बोला सफाई कर दो वो भी नहीं की उसके बाद में मैंने आर्गुमेंट किए मेरे को बदतमीजी से बात की और मेरे को कॉलर पकड़ के मेरे साथ मार की है उन्होंने दोनों मिल ने मिली जैन के लेको चोट के निशान भी आए हुए हैं यहाँ पे इनके साथ में हुआ बहुत सारे अलग जो दो ड्यूटी सिस्टम दोनों सिस्टर साथ में थे और ये मतलब कोई एक्शन है उसके बावजूद वो चले गए मारपीट के उसके 20 मिनट बाद इंसीडेंट का टाइम तो... क्या था? का साढ़े दस बजे का था साढ़े दस बजे की बात है उसके बाद 20 मिनट बाद सब सुपरवाइजर आके चले गए उसके, मन... उसके बाद कम से कम चालीस ऐसी पचास लोग वहाँ और ऊपर आगे मेरे काउंटर तक आ गए कोई सिक्योरिटी नहीं थी सिक्योरिटी पीछे खड़ी थी कोई उनको एक्सक्यूज नहीं करा था सब लोग मेरे पे धावा बोल रहे थे हाथ में हथियार थे सबके वो मारने के लिए आए थे मैं ऐसे कैसे चल सकता हूँ मैं और ड्यूटी कर रहा हूँ और ड्यूटी भी ये मेरे साथ चल रहा है अच्छा, आप उनके नाम आप उनका नाम जानते हैं किन का सर जो आपके साथ वारदात एक परमेश्वर नाम था एक सूरज नाम था दोनों ने अच्छा था था। और उनके साथी भी थे कितने लोग थे कम से कम पैंतीस चालीस आदमी आए थे ठीक है उनके साथी थे वो और उनके उन्होंने सभी ने मारपीट कियापरवाइजर आया था ठीक है सिक्योरिटी चार खड़े थे लेकिन कोई एक्शन नहीं था पीछे खड़े थे सिक्योरिटी वाले ने भी आपको हेल्प नहीं की कोई हेल्प नहीं काउंटर तक एट फ्लोर तक चालीस आदमी पहुंचे तो कैसे पहुंचे ठीक है आपके साथ में ऑन ड्यूटी ऑफिसर बोन थे मेरे साथ सोनो सिस्टर थी और वंदना सिस्टर अच्छा आपने देखा वहाँ पे हमने ये देखा कि जो जब इसको परमेश्वर को इसने सफाई करने के लिए बोला तो वो बहस करने लगाया दूसरे लड़के को बोला था लेकिन परमेश्वर बीच में आ गया और मना करने लग गया कि नहीं ये सफाई नहीं करेगा और बहस वो मारने के लिए दो बार आ गया आया दोनों बार हमने पीछे किया और तीसरी बार आके जबरदस्ती आके गला पकड़ लिया उसने इसका फिर और मारपीट करने लगे दूसरे लड़के ने हाथ पकड़ा परमेश्वर ने खूब मारा इसको हमने सिक्योरिटी को बुलाया कितनी देर में सिक्योरिटी आई तब तक इसको खून निकल चुका था ना में से खून आ चुका था हाँ वो इसके चोर दिखाई दे रही दिया। अब आप क्या चाहते हो राजेश मैं ये चाहता हूँ की पहले तो सारे स्टाफ होते हैं वहाँ पे कोई भी सिस्टर होती है कोई भी मेल नर्स फीमेल नर्स सबके लिए पहले तो सुरक्षा होते हैं सिक्योरिटी बिल्कुल, बिल्कुल कोई सिक्योरिटी नहीं अपनी यहाँ पे बिल्कुल जो इंसिडेंट हुआ है उसके अगेंस्ट कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक बिल्कुल इस में हमने पुलिस वाले आगे उनको ले गए छोड़ दिया पुलिस वालों ने कुछ भी नहीं कर रहे उनके प्रति पुलिस वाले छोड़ दिए उनके ठीक है धमकी और दे रहे हैं धमकी और दे रहे हैं की जो हाथ में मिलेगा तो बता देंगे तेरे साथ वाले को बता देंगे तुम